हाय फ्रेंड्स आज हम देखेंगे Realme मी का अनबॉक्सिंग अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे या मेरा रिव्यू अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा तो चलिए देखते हैं Realme मी का अनबॉक्सिंग थैंक यू चलिए खोलते हैं इसको अच्छी तरह से पीछे डिटेल दिया हुआ है आप देख सकते हैं कंपनी है ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बॉक्सिंग है इसका जस्ट नीचे रियलमी लिखा हुआ है ऊपर जस्ट टू इधर भी वैसे ही सेम पीछे कुछ डिटेल्स दिया हुआ है ये चार जी रैम और चौसठ जी बी मेमोरी का फोन है मैंने रेड कलर का डायम रेड कलर का ऑर्डर किया था तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए इसको ओपन कर लेते हैं क्या है ये बैक प्रोटेक्शन दिया हुआ है यूजर गाइड इसको साइड में रखते हैं और देख लेते हैं अंदर के नहीं कहीं और कुछ नहीं है नीचे है आपका चार्जर ये सपोर्ट नहीं करता है आप देख सकते हैं इसमें मेड इन चाइना लिखा हुआ है फाइव वोल्ट 2 एम का आउटपुट है मतलब फास्ट चार्जिंग नहीं है रेगुलर चार्जर है ये, केबल देख लेते हैं कैसे क्वालिटी का दिया हुआ है टाइप नहीं है यूएसबी टू माइक्रो यूएसबी पोर्ट है, अच्छा क्वालिटी का ही है करते हैं इसको साइड में और देखते हैं हमारा फोन तो देखिए दोस्तों सबसे बेहतरीन बात है इसका पीछे का ये जो डायमंड शेप आप देख सकते हैं कैसा चमकदार है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है एकदम गॉडियस लुक है इसका सामने वाला हिस्सा में आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले से ही एक स्क्रीन पोटेल्ट दिया हुआ है तो ये अच्छा बात है रियलमी नया कंपनी है तो कुछ अलग से हटके इन लोगों को करना चाहिए जो कि कस्टमर को अट्रैक्ट करे इसमें से पहले पहला चीज मैं जो बताऊंगा यह है पीछे का डायमंड शेप डिजाइन जो है डायमंड कटिंग डिजाइन बहुत ही प्रीमियम लुक देता है इसको ठीक है ऑन करके देखते हैं लोडिंग हो रहा है हो गया है तो चलिए सेटअप कर लेते हैं फिंगरप्रिंट और फेस कोड का ये बाद में देखा जाएगा देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इसका टच बेहतरीन है पर से इसका सब सेटिंग वगैरह निकलता है वाईफाई ऑन है तो इसको बंद कर देते हैं और सब सेटिंग देखिए, जैसे हर फोन में रहता है वैसा ही सब सेटिंग है। नया कुछ नहीं वो फोन में देखते हैं दोस्तों ये मी 2 है इसका वर्सन है, है 8 एंड्रॉयड वर्सन है 8.1.0 प्रोसेसर है कैलकम स्नैपड्रैगन कोर प्रोसेसर फोर जी बी रैम सिक्सटी टोटल मेमोरी इनडिन मेमोरी है इसका बाकी आप देख ही रहे हैं फुल स्क्रीन डिस्प्ले है यहाँ पे ऊपर में आप ये नॉच देख सकते हैं थोड़ा दोस्तों इसका पीछे तेरह मेगापिक्सल और दो मेगा का कैमरा है फ्लैश एलईडी फ्लैश दिया हुआ है पीछे स्प्र फिंगर प्रिंट है और सामने आपको मिलेगा एट मेगापिक्सल का कैमरा नीचे आप देख सकते हैं ये है बहुत स्पीकर चार्जर पॉइंट और ये ऑडियो जैक के लिए हेडफोन जैक के लिए इधर सिम ट्रे है थोड़ा सिम को निकाल लेते हैं देखते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे दो माइक्रो सिम कार्ड और एक एसडी मेमोरी कार्ड आप लगा सकते हैं एक ही साथ ये अच्छा है तो दोस्तों इसमें सीमिजिकटा टूल नहीं मिलेगा आपको वॉल्यूम बटन मोबाइल ऑन ऑफ और कुछ कुछ भी नहीं है मैं नहीं जानता हूँ कैमरा जस्टिस कर पा रहा है कि नहीं लेकिन रियल में दोस्तों बहुत ही अच्छा लग रहा है पीछे से एक प्रीमियम लुक है इसके में जो कि दूसरे हर फोन से इसको अलग करता है तो इसका जो एक्स्ट्रा केस दिया हुआ है उसको तो लगा के देखते हैं दोस्तों कैसा लगता है दोस्तों इसमें 4230 हज़ार दो के बैटरी है मतलब लगभग सारा दिन चल जाएगा एक बार फुल चार्ज करने के बाद दोस्तों देखिए इसको लगाने के बाद भी अच्छा ही लग रहा है दोस्तों इसका कैमरा देख लेते हैं कैसा है देखिए डिटेल्स बहुत बढ़िया है इसमें आपको एचडीआर मोड भी मिलेगा फ्लैश ऑन ऑफ का ऑप्शन है ऑटो फिल लाइट, थ्री सेकेंड टेन सेकेंड और जो टाइमिंग का कैमरा होता है वो भी आपको मिलेगा फुल स्क्रीन भी मिलेगा देखिए ये ये देखिए तो ये अच्छा बात है फुल स्क्रीन भी आप खींच सकते हैं देखिए बढ़िया लग रहा है बहुत अच्छा है कर लेते हैं और इसमें ब्यूटीफाई का मोड भी है अब देख सकते हैं कैसे कलर चेंज हो रहा है बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिया हुआ है तो देख लेते हैं जूम क्वालिटी कैसा है है। और इसमें पोर्ट्रेट मोड है, वीडियो है, वीडियो आप थाउजेंड एंटी पिक्सल, पिक्सल में वीडियो खींच सकते हैं मतलब फोर के वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें नहीं है टाइम है तो ये बहुत अच्छा ये है कि टाइम इसमें दिया हुआ है ख़ासकर यूट्यूब में जो लोग वीडियो बनाते हैं इन लोगों के लिए टाइम तो बहुत ही काम का ऑप्शन है वीडियो फोटो पोट्रेट मोड स्टिकर वगैरह है आप यहाँ से स्टिकर लगा के बहुत इनबिल्ट बहुत सारे स्टिकर है जो आप लगा के अपना फ़ोटो खींच सकते हैं और ये पेन फोटो है अच्छा है जो ऐसे आ, अच्छा सेट में सब ऑप्शन रहता है तो ये इसमें सब कुछ ही है